हेलो भाई कैसे हो सब लोग बस अभी तक तो बहुत टाइम पास कर चुके होंगे अब मैं चाहता हूँ कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपना टाइम वेस्ट ना करे और सही राह पकड़े जिसमें विश्व का कल्याण और साथ में वीडियो देखने वालों का भी अब मैं आगे अपना जो वक्तव्य है आगे बढ़ाता हूँ यह मेरा पहला तो वीडियो होगा जो कि आप लोग के लिए मोटिवेशन के लिए बनाया है अभी तक का जो है और देखा गया है कि ख़ुद से कोई भी व्यक्ति कोई भी इंसान जो चाहे अपना टारगेट सेट कर सकता है और पा सकता है लेकिन अगर कोई वही दूसरे को अगर टारगेट सेट करने के लक्ष्य में आगे बढ़ता है तो उसमें सफलता 99% नहीं होती है सिर्फ़ एक परसेंट ही चांस होता है कि वो दूसरे को लेकर के अपना लक्ष्य को पा सके ख़ास करके उन केस में अगर कोई बच्चा या कोई इंसान अकेला हो गरीब हो उसको कुछ ज्ञान नहीं हो कहीं से कुछ सपोर्ट नहीं हो तो उन लोगों के लिए मैं खास करके एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहता हूं, जो कि मेरी ये बचपन से ख्वाहिश थी आज मैं ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो अब वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि मैं सच में आप लोग के लिए फ़ायदे का कुछ स्पीच दे रहा हूँ बता रहा हूँ या नहीं तो आगे बढ़ते हैं